नमस्ते नमस्ते दादाजी दादाजी दादाजी जा रहे हैं खुश खुश रहो खुछ रहो बच्चों अरे राजू पिंकी तुम बैठिए बैठिए ना ना बैठ अच्छा राजू पिंकी तुम दोनों मुझे ट्रिंकल ट्रिंकल सुनाओ ओके दादाजी द स्टार वंडर व्हाट यू आर अप अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया वाह वाह वाह बच्चों ऐसे ही मेहनत करो और लगन से पढ़ो ओके okay, दादाजी ओके okay, दादाजी ठीक है बच्चों अब तुम लोग घर जाओ वापस तुम्हारी मम्मी इंतजार कर रही होगी बाय बाय अरे तुम लोग कहा चल दिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना चलो जल्दी ऐसी करो